आज-आज हम क्या से लेकिन आज हम लोग लेकिन ये जो फ्लैट वर्ल्ड दिख रहा है तुम लोग को वो पूरा लक्की ब्लॉक का है जो पीले ब्लॉक है ना वो पूरे के पूरे लक्की ब्लॉक का है तो अच्छी चीज भी निकल सकती है बुरी चीज भी निकल सकती है यहाँ पे हम लोग को एक दूरबीन दी गई है अच्छा हम लोग इससे दूर देख सकते है ना तो चलो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पे तोड़ते ये तो आई एंड सिंह मिलता ना चोरस फ्रूट ये कोरस फ्रूट क्या बोलते है इसको कुछ तो नाम है इसका ये है, लेकिन यही नाम है इसका हाँ कदम हम लोग इसको तोड़ के देखते हैं अरे खाना नहीं है इसको तोड़ना है तो ये कौन सा है पोशन भाई अच्छा भाई हार में का पोशन, मार के देखो ओर चार हार्ड चले मेरे What? ये क्या स्वाड है डायमंड कौन सा कौन सा स्वाड आ रही है इसमें और यहाँ पे बहुत सारे हम लोग को मिल चुके हैं टूल्स अच्छा डायमंड के टूल्स मिल चुके हम लोग को ये क्या मिला है भाई अच्छा लकी ब्लॉक को दोनों से लकी ब्लॉक भी मिलता है ये मेरे को नहीं मालूम था तो चलो अब इसको तोड़ते हैं और यहाँ पे डायमंड भाई सबके कितने सारे मिल गया इसको तोड़ के देखता तो हूँ लकी ब्लॉक को अच्छा ये नेदर पोर्टर बनाने के लिए दिया क्योंकि फ्लिंट और हम लोग को दिया है थोड़े बहुत तो हम लोग तेरह डायमंड और आठ गोल्ड इसने और थोड़े बहुत डायम्रेड भी दे चुका है तो यहाँ पे ये, भाई सब ब्लाइंडनेस लग गई हम लोग को ये कौन सी बात होती है भाई ब्लाइंडनेस भी देता ही है और देखो हम लोग को एक और नवे स्पॉर्ड मिली है देखो इसका नाम है नैदा स्टार स्वॉर्ड कि नेदर स्टार्स से बनी है तो इसको जला के देखते इससे ना देखो आग बुझा सकते हैं तो देखते दूर खड़े कुछ तो नहीं भी शायद हम लोग के अंदर आग लगाना पड़ेगा आप बुझा बुझा अरे नहीं बुझा अरे भाई सो गया अरे ये फ्रूट खान से हम लोग को क्या टैली करता और फिर हम लोग की आग बुझ जाती है देखो जरा फिर से और oh शेट नहीं हो रहा मैंने करा का ही खिलता था नहीं करना चाहिए था ना मेरे को तो कहा ठीक हो चुका है फिर से और अभी हम लोग को फिर से खोदना पड़ेगा जल्दी से हम लोग यहाँ पे तोड़ दो भाई घर के अंदर रिस्पॉन्ड कर दिया और ये ट्रैप जैसे मेरे को ही मालूम है भाई। मेरे को सिखा रहा है मेरे को मालूम ट्रैप कैसे बनाते भाई मेरी पूरी ट्रैप की वीडियो है जिसके अंदर सच्ची में इतना सामान था भाई अगर जल्दी जल्दी हम लोग ले लें और पूरा टी एन जाए और हम लोग हार जाए मेरे को मालूम है और ये सबको हम लोग पहन लेते हैं जल्दी से बहुत अच्छी अच्छी चीज मिल चुकी है यहाँ पे और ये क्या गोल्ड का है ना एक एक सेकंड में देखू लकी ब्लॉक प्ले प्ले लकी लकी दिए यानी के तो ये जो हम लोग डायमंड है उसके बदले हम लोग यहाँ थोड़े बहुत गोल्ड लकी ब्लॉक का ये सारा आरमा रख देता हम लोग गाइस हम लोग फिर से सब कुछ कर दिया जैसा लगे था स्टोन वस्टोन ताकि अगर कोई और आए और आए तो ये लेने के टाइम फट जाए चीपिंग करता है तू। मैं हम लोग तो क्यों आएंगे हम लोग खुद ना रखे तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक्स को तोड़ देते हैं अबे साले मतलब एक्स को नहीं तोड़ते हैं, इसको एक्स से इसको तोड़ देते हैं और अब हम लोग को यहाँ पे जाना है लकी ब्लॉक को तोड़ने तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे पहले थोड़ा दूर चलते हैं यहाँ से पे थोड़ा मेरा गेम लैग कर रहा है यहाँ बहुत बहुत ज्यादा दूर तो लगे लक्की ब्लॉक फैले पूरा वर्ल्ड ही लक्की ब्लॉक ये क्या मिला मेरे को ओ भाई शॉप ये क्या जहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मेरे को नहीं लग रही अंगार जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहां पे आग लग जा रही है बाप रे, देखो नहीं लग रही आग। तो जल्दी से हम लोग फिर से उतार लेते हैं इसको अरे उतारने से पहले तू आ जाता तो। तो था अब मैं पहनूंगा कैसे भाई तो कैसे हम लोग यहाँ पे गोल्डन एप्पल को खा के यहाँ पे हम लोग ने बूट को मतलब पहने हैं उतारे और डायमंड का बूट पहने देखो गोल्डन एप्पल से क्या होता है ना की हम लोग फायर रेजिस्टेंट का मिल जाता है पोषण तो उससे ना हम लोग को कुछ होता नहीं है तो चलो इसको मार कर तो <laughs> अलग तरीके की यहाँ पे कुछ अलग तरीके का लक्की ब्लॉक है यहाँ पे।, पे लाल हम लोग सुबह कर लेते हैं ढंट आए है, मेरे पास जादू की शक्ति है और ये क्या फालतूसा तो प्लेजर उसपन हो गया यहाँ पे प्लेजर नाम है प्लेजर का नाम सुनाता है चलते और इतनी सारी कितना भी ओवर पावर हो जाऊँ लेकिन इन लोग से मैं नहीं लड़ सकता कुछ भी करके नहीं लड़ ही नहीं सकता मैं तो ये क्या है भाई ये, क्या है भाई? ये तो मैंने नहीं देखा, इतने से मैं देखा तो, से पे घूम रहा हूँ अच्छा है शायद मेरे को नहीं बताता तो जल्दी से ओ शिट, भाई इतनी छोटी छोटी है ये तो इतनी छोटी है इतनी छोटी है की स्कोप से भी नहीं देख सकते भाई इसको तो हम लोग यहाँ पे आ गए और अब इसको तोड़ के देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या निकलता है कुछ अच्छा निकलना प्लीज प्लीज कुछ अच्छा निकलना और अभी य... हाँ हो गया, हो गया। क्या हो रहा है अच्छा वहीं पे स्पोन कर दिया जहाँ पे हम लोग पहले थे जोबी के बच्चे से आका मैं डर रहा हूँ मैं कैसे भाई ये उल्लू को मारने के लिए हम लोग कोई भंसा सकते है कुछ भी अगर मेरे को मानना पड़ता मैं कब हार चुका होता भाई हाँ तो कुछ यहाँ पे टोटम भी मिल चुका है मेरे को नहीं पता कैसे मिला है को, को और... एनविल निकला और ये अंडर चेस्ट आयरन की स्वर्ड मिली मेरे को शार्पनेस वन वाली बहुत फालतू और ये तो भाई तू नहीं मार सकती कितनी कोशिश कर लो मैं इतना ओवर पारू मेरे बस चावन कौन सी मेरे को खुद को नहीं मालूम क्या भाई सब क्या आ गया मैं पहली बार मानकर ये कैसे सिलाई में भाई एक के ऊपर एक और शर्ट भागो मेरे को मारना पड़ेगा सब पर को मैंने फेंक चुका अब एक को तो मार के जाऊंगा ले अरे नहीं लगा छोड़ो पहले उसने स्पॉन कर दिया कोई बात नहीं हम लोग वहां से बचे तो आ चुके कम से कम आने तो वरना तो वहां पे तो हम लोग वैसे भी हार जाते भाई हम लोग का खाना देखो कितना कम हो गया है गलत देखो हम लोग ना हर चीज को अपनी नदर पे कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को मतलब ऐसा ओवर पावर मतलब पूरा जैसे एकदम कराऊंटमेंट ऐसा टोटम भी हाथ में एकदम ऐसा अब तो कोई नहीं मार सकता मेरे को जिंदगी में गाज देखो यहाँ पे मैं सारे गोल्ड को उठा लिया क्योंकि मेरे को थोड़े गोल्ड की जरूरत थी मैं बोला नदर अगर बनाई लिए तो सारे टूल्स को भी बना सकते है ना हम लोग और यहाँ पे गज देखो लक्की ब्लॉक लाल वाला उसको फोड़ लक्की ब्लॉक भी फोड़ता मेरे को नहीं मानू था भाई साहब तो चलो गए हम लोग इसको तोड़ के देखते हो और क्या ये क्या ये लकी ब्लॉक है या बैड लक है भाई उल्टा तरीके से हम लोग बाहर उधर निकल जाता हूँ मेरे को अभी मार देता ये लिटरली और ये तोड़ने से मेरे को ये क्या मिल रहा है तो कब से स्पाना है ये अच्छा ये ग्रेनेट अच्छा ग्रेनेट नाम है का में क्या क्या आ गया म्यूजिक या मॉड जो खाना पचास रुपया भाई का में जल रहा हूँ भगा हाँ तो गाय हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुका है, है और ये तो क्या फालतू गिरी है यहाँ पर आग भी नहीं लगे फिर भी ऑटोमेटिक जले जा रहा है ये क्या हो गया है हम पे तोड़ के एक और क्या है come... भाई भाई भाई गया। पढ़ने तो लग नहीं दिया मैं गया सामान नहीं गया मेरे यस अच्छा गाने की गेम वर्ल्ड में हम लोग हारे तो हम लोग सामान नहीं जाएंगे भाई साहब तो ये सबको हम लोग थोड़ के ओश इतनी सारी लकड़ी और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय बाय